सर आपने फोन करके बुलाया क्या हुआ जी आपके बच्चे बंटी और पब्लिक स्कूल में बहुत शरारत करते हैं अयो घर पे भी शरारत करते हैं हमने तो आपको फोन करके नहीं बुलाया अरे कैसी बातें कर रहे हो आपके बच्चे ध्यान रखना चाहिए अयो मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ जी कि मेरे ही बच्चे अरे मैं बच्चों का ध्यान रखने को बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा समझ गए इसको पूछा ए का होल स्वयर क्या होता है तो कहता है होल स्क्र कैसे हो सकता है सर ऐसा होता तो मेरी लेंडी भी स्क्वायर निकलती ना